अब इसके बाद यहाँ पे और क्या डेटा दिख रहा है कन्वर्जन दिख रहा है राइट तो हम लोग कन्वर्जन देखते हैं कन्वर्जन किसको बोल रहे हैं? तो कन्वर्जन किसको बोलते हैं सेल होगा तभी कन्वर्सन होगा या बटन क्लिक को भी कन्वर्जन बोल सकते हैं डिपेंड्स तो बेसिकली कन्वर्जन इज नथिंग बट गोल्ड Conversion is nothing but a goal, जो आप करना चाह रहे उसके micro goals भी हो सकते हैं छोटे-छोटे कितने लोग ये goals, करते हैं कितने लोग चेकआउट कर जाते हैं कितने लोग खरीदते हैं ऐसा बहुत सारे राइट आई कैन क्रिएट मल्टीपल गोल्स राइट तो गोल कैसे क्रिएट करते हैं यहाँ पे एडमिन में गोल्स New goal. So, ये यहाँ पे पहले से कुछ प्रीडिफाइन किया हुआ है यू कैन क्रिएट यूर ओन कस्टमर सिर्फ कस्टम इसमें सिर्फ लिखने का मेहनत बचेगा और ज्यादा कुछ नहीं इसमें सिर्फ लिखने का मेहनत बचेगा ज्यादा कुछ नहीं तो ये कस्टम करते हैं एंड कंटिन्यू मैं अभी कस्टम गोल क्रिएट करने के लिए डाल रहा हूं तो लेट से Okay. अब गोल्स कितने तरीके से यहां पे डिफाइन करता है डेस्टिनेशन हो सकता है अगर ये सेलेक्ट किया तो कौन सा हो गया कि जितनी बार थैंक यू पेज खुलेगा उतनी बार मेरा गोल कन्वर्सन हो सकता है राइट तो मैं डेस्टिनेशन सेट कर रहा हूं कंटिन्यू अब मेरा मान लो थैंक यू पेज ऐसा है जो जितनी बार लोग इस पेज पे आएंगे विल से, मेरा गोल कंप्लीट हो गया, पे क्या क्या लिखा है है है है है, अगर ऐसा है तो तो बहुत बार क्या होता होता हम लोग क्वेश्चन मार्क तो मालूम इसके आगे का सारा ट्रैकिंग के लिए होता है? तो उससे मुझे याद आया कि क्वेश्चन मार्क के आगे बहुत बार पैरामीटर्स पास करते हैं okay. तो कहीं पे देखो ऐसा आईडी पास होता है हमारे लिप्स इंड के कैसे हम लोग करते हैं हम लोग यू में बहुत सारे पैरामीटर्स डालते हैं थैंक यू के बाद ट्रैकिंग के लिए डालते हैं कि कहां से सोर्स से आया था या उसके तो वो सारा डेटा यहां पे पास होता है बहुत जगह पे और ये ऐसा हम लोग आईडी भी डालते हैं तो हमारा एक्चुअल में बनता कैसा है ये भी रहता है फिर ऐसा कुछ रहता है ऐसा और ऐसे बहुत लंबा है तो बेसिकली ये हम लोग क्या यूज करते हैं कि कितने जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा होगा तो उसको डेटाबेस डेटा बेस में करते तो डाउनलोड कर रहा है और वो रिमाइंडर सेट कर रहा है तो यहाँ पर रिमाइंडर सेट आ जाएगा अगर उसने इंक्वा फॉर्म फिल किया तो फॉर्मी जितनी बार थैक्यूकेट्स लोग निकलेंगे हर बार ये चीज सेम रहेगा पेज सेम दिखेगा बट ये सारे पैरामीटर राइट तो जब आप पैरामीटर हो और अगर यहां पे, मैंने टू डाला, तो मेरा गोल कन्वर्जन में एक ही इंसान काउंट होगा या एक भी नहीं होगा अगर ऐसा डाला तो मेरे केस में एक भी नहीं होगा राइट और अगर ये भी डाल दिया तो भी कितने लोग काउंट होंगे एक ही काउंट होगा बिकॉज़ नेक्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा ना तो इसीलिए इसको इक्वल्स टू नहीं करके या तो मैं कर सकता हूं कि जितने यू आर ऐसे स्टार्ट होते होंगे उसको गोल काउंट कर लो राइट या फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं थैंक यू होना चाहिए वहां पे राइट और अब मुझे अब ऐसा गोल सेट करना है मुझे जिन्होंने ब्रोशर डाउनलोड किया है क्योंकि मेरा यू अभी मान लो ऐसा हो रहा है आ, ये ब्रोशर डाउनलोड है रिमाइंडर सेट करने वाले का ऐसा यू बन रहा है ठीक है तो अब मुझे चाहिए थैंक यू पेज ही चाहिए बट मुझे मैं गोल कौन सा सेट कर रहा हूं ब्रोशर डाउनलोड तो यहां पे क्या लिखू ये वरल डाल दू ये डालना होगा तो ये पूरा डालू ऐसा ये और बट थैंक यू पेज के अलावा और कोई में भी रहेगा तो यही वरल चाहिए ना मुझे राइट बट लेकिन ये पैरामीटर बीच के चेंज हो सकते हैं अगला प्रोसेस डाउनलोड फाइव हो जाएगा तो उस केस में जहां भी रेगुलर एक्सप्रेशन का रहता है ना तो उसको ऐसा यूज कर स्टार स्टार स्टार एक कैन टेक एनी वैल्यू मैंने राइट तो थैंक यू एंड इट बी एनीथिंग यहाँ पे राइट और मैं बोला हूँ तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर सकते ठीक है जो वैल्यू कन्वर्जन का कुछ वैल्यू होगा प्रोडक्ट खरीद रहा है कोई उसका सेल का कुछ वैल्यू होगा राइट right? वो वैल्यू जो भी अगर एक ही प्रोडक्ट रहेगा तब तो सही है बट अगर अलग अलग प्रोडक्ट है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको आपके वेबसाइट के साथ इसको लिंक करना पड़ेगा बिकॉज थैंक यू पे सो एक सेम ही है फ्लिपकार्ट का बट खरीदने वाला पांच रुपए का भी सामान खरीद के जा रहा है पांच का भी खरीद के जा रहा है तो ये वैल्यू यहाँ पे अगर डालना है तो आपको इंटीग्रेट करना हो गूगल डेवलपर कुछ ये करेगा आर एंडी बट होगा ठीक है ठीक तो फर्स्ट, फर्स्ट है थीके? उसके बाद इतने लोग मान ले ऐसा तो मैं मेरे पास 100 लोग थैंक यू पेज निकल रहे हैं बट मैं ट्रैक करना चाह रहा हूं उन आउट ऑफ कितने लोग ये दो स्टेप के थ्रू आए ठीक है चो लेट से दे आर ओनली फाइव पीपल जो होम पेज पे आने के बाद इधर से आकर के थैंक यू पेज तक आए तो मुझे 100 गोल्ड कन्वर्जन दिखेगा और इस फनल के थ्रू पांच लोग आए हैं ठीक है है तो ये पाथ ट्रैकिंग के लिए होता है। कि जो सेल्स होता है वो कौन से पाथ के थ्रू होता है सबसे ज्यादा तो उस हिसाब से उस पाथ को थोड़ा सबसे ज्यादा एफर्ट डालते हैं तो तो ये पूरा पूरा पूरा इनके केस में आप देखोगे तो उसमें पाथ कैप्चर करते हैं हुए ठीक है वो। ठीक है, तो दिस इज गोल सेटिंग कहां पे किसके लिए हम लोग कर रहे हैं डेस्टिनेशन